तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आई होप आप अच्छे होंगे तो मैं हमेशा जो आपके लिए कंटेंट लेकर के आता रहता हूं तो ऐसे कंटेंट और लेकर के आया हूं मैं आज दिखाने वाला हूं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक हमारे पास एक आईटेल का फ़ोन है वीजन वन यहां पे आप देख सकते हैं ये आईटेल का एक हमारे पास मॉडल है ये जो विजन वन यहाँ पे आई की जो इसका मॉडल नंबर है ये आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा अभी फ्रेंड्स एक्चुअल में इसमें लगी है गूगल अकाउंट एफ तो हम करते हैं नेक्स्ट और करते हैं स्किप और यहाँ पे जस्ट सेकेंड चेकिंग फॉर चल रहा है देखते हैं क्या इसमें एफ आर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है फ्रेंड तो सारा चीज़ में यहाँ पर लाइव करने वाला हूँ और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप इसकी कैसे इजिली तरीके से आप इसकी एफ रिमूव कर सकते हैं तो डोंट कॉपी आपको यहाँ पे कर देना है अब आप देखेंगे चेकिंग तो आप देख सकते हैं यहाँ तो आप गूगल कर सकते हैं या तो पैटर्न तो जैसे आप गूगल को चूज करेंगे तो आप उसके यहाँ पे जीमेल के लिए बोलेगा कि आप यहाँ पे जीमेल अकाउंट अपना डालिए तो आप देख सकते हैं कोई भी इसका पैटर्न नहीं आ रहा है Friends, आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसके चलिए फार पी बहुत ईजी तरीके से हम रिमूव करने वाले हैं फ्रेंड तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा तो ये देख सकते हैं चलिए तो हम यहाँ पे जो आईटेल का फोन है इसका विजन वन यहाँ पे आप देख सकते हैं विजन यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपको विज़न और इसको हम बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे इसको मिर्कल से करेंगे मिर्कल थंडर से हम इसको करने वाले हैं तो हम मिर्कल थंडर को हम लगा देते हैं क्योंकि बातें भी करते रहेंगे और काम भी होना चाहिए फ्रेंड्स तो हमने मिर्कल थंडर को लगा दिया है हमारा नेट कनेक्ट है और हम मिर्कल थंडर को हम कर लेते हैं ओपन और मिर्कल थंडर एक ऐसा टूल है कि अगर ये अपडेट आता है तो आपको बता देता है कि न्यू अपडेट आ चुका है जाइए इससे अपडेट करिए और तभी हम ओपन होंगे तो मिर्कल थेंडर हमारा ही खुल जाएगा जैसे ही खुल जाएगा फ्रेंड उसके बाद में यहाँ पर सारा चीज़ करने वाला हूँ हाँ आपके सामने लाइव और हम फोन को कर देते हैं प्रॉपर तरीके से ऑफ हम फोन को कर देते हैं बंद यहाँ पे यहाँ पे सिंपल तरीके से फोन को हमने ऑफ कर दिया है तो सबसे पहले आपको वैल्यूम अप दवा के कनेक्ट करना है या तो डाउन दवा के कनेक्ट करना है या तो अप डाउन दोनों दवा के कनेक्ट करना है ये सारी कनेक्टिविटी होती है इसकी बूटिंग होती है तो मैं आपके सामने लाइव करने वाला हूँ कि इसका देखते हैं कि काम होता है कि नहीं होता है हम मिरकल थंडर से इसकी लाइव करने वाले हैं तो मिर्कल थेंडर जैसे ही हमारा ओपन हो जाएगा वैसे हम फटाख से यहाँ पर काम करने वाले हैं फ्रेंड्स तो ओ, जस्ट ए सेकेंड मिर्कल थेंडर हमारा ये ओपन हो भी चुका है ओपन हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सिंपल और सिंपल हमें जाना कहाँ पर है हमें जाना है एस में जाना है एस में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते होंगे रिसेट एफ आपको जाना है एस और जाना है सर्विस में और जाना आपको रिसेट एफ में जाना है उसके बाद आई अगर आपका ब्रांड है तो ब्रांड सेलेक्ट करते हैं नहीं तो आप सी वाइज जा सकते हैं तो सबसे पहले हम अपना ब्रांड वाइज ही चले जाते हैं आई और उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो है कि नहीं है आई टेल का यहाँ पर आप मॉडल तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है विजन विजन वन है विजन वन तो यहाँ पे विजन दिखाई दे रहा है बट यहाँ पे विजन वन नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार हम विजन वन को दे सकते हैं नहीं तो एक बार हम बूटिंग के तौर पे भी काम कर सकते हैं बिना सी पी वाइस भी काम कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तो नहीं है पर फिलहाल हम विजन को ले लेते हैं और हम कर देते हैं एडवांस देखते हैं होता है कि नहीं होगा तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे नहीं होगा तो सीधा हम सी पी जाके करेंगे तो हम सिंपल कर देते हैं स्टार्ट बटन और उसके बाद देखिए जब हमारा यू सर्चिंग पोर्ट के लिए आ जाए वेटिंग के लिए आ जाए तब तो आपको करना क्या है वैल्यूम अब दबा करके आपको डाटा केबल को इन करना है वैल्यूम अब दबाए हमने डाटा केबल को इन किया तो देखिए हमारी कनेक्टिविटी हो गई तो नहीं हुआ फिर से आपको ट्राई करना है इस बार वैल्यूम डाउन दबा के करना है तो इस बार पहले हमने वैल्यूम अप दबा के किया अब हम वैल्यूम डाउन दबा करके करते हैं तो वैल्यूम डाउन और यूएसबी केबल इन हमने वैल्यूम डाउन दबाया और यूएसबी केबल केवल इन किया तो पोर्ट बनाया यहाँ पे तो वैल्यूम डाउन दबा के हमारा ये फोन कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड वोटिंग भी ले लिया है और फायर देखते हैं कि जॉब टन होता है कि नहीं तो फाइनली ये जॉब डन हो चुका है आई थिंक क्योंकि नहीं होता तो यहाँ पे बूट नहीं करता पर वैल्यूम डाउन इसकी जो बूट की है मैं आपके सामने लाइव किया क्योंकि आपको ऐसे ही करना होता है आप बहुत सारे भटकते हैं कि वैल्यूम अप है वैल्यूम डाउन है कि क्या है सारा चीज़ आप समझ नहीं पाते हैं तो इसलिए मैं आपके सामने लाइव वीडियो बनाता हूँ कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है फ्रेंड तो आप देख सकते हैं रिसेट फार जस्ट वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको और नहीं होता तो मैं आपको दूसरा ट्रिक भी बता दूंगा कि आपको मॉडल वाइज ब्रांडवाइज ना जा करके आप सी पी वाइज भी कैसे कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से अनलॉकिंग तो ये जो आपका मेडिकल थंडलर है तो देख सकते हैं एफ आर पे रिसेट डन हो चुका है ये हमारा फोन आटोमेटिकली रिस्टार्ट हो चुका है देख सकते हैं एफ आर पी रिसेट डन यहाँ पे आप देख सकते हैं हो गया फाइनली जो उसका बूथ था उसका वैल्यूम डाउन था ये फाइनल देख सकते हैं फाइनली ऑन हो चुका है अगर आपको यहाँ से दिखाई देगा तो मैं यहीं से इसके फारपी हटाने की मतलब फाइनली ऑन करने की फुल कोशिश करूंगा आपको दिखाने की इससे रहता है कि लाइव हम कोई एडिट नहीं कर सकते हैं और लाइव आपको ये दिखेगा कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा तो जस्ट ए सेकेंड हम करते हैं इसकी शायद तो आपको ना दिखे तो आ, मैं अपने मोबाइल से दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा जो वर्क हुआ कि नहीं हुआ तो चलिए फ्रेंड्स तो मैं आपको अपने फ़ोन से इसको दिखा देता हूँ कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ फिलहाल मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि जस्ट अ सेकेंड लिख रहा है मैं आपके सामने यहां पे दिखा नहीं पा रहा हूं तो फाइनली मैं अपने फोन में करके दिखा देता हूं कि क्योंकि देखिए लास्ट तक अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो हालांकि स्किप का बटन आ चुका है आपको आ, ये देखिए आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्किप का बटन आ चुका है ये देखिए कॉर्नर में आप देख सकते हैं स्किप का बटन आ चुका है तो चलिए मैं यहीं पर फाइनली फ फुल सेटअप कर देता हूं, कर देता हूं, स्किप, स्किप एनीवेज आपको स्किप का बटन दिख गया होगा फ्रेंड तो जस्ट सेकंड यहां पे दिख रहा है मोर और एक्सेप्ट कर देंगे यहां पे और यहां पे कर देना है स्किप स्किप एनीवेज और स्किप और यहां पे नॉट नौ और यहां पे कर देना है स्किप हालांकि वाइट के कारण आपको नहीं दिखाई दे रहा है हालांकि और हमारे काफ़ी वीडियो में आपको दिखाई देता है तो ये देख सकते हैं वन क्लिक में वन क्लिक में हमने यहाँ पे आईटेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे एस प्रो ले लिया था यहाँ पे हमने यहाँ पे तो हमारा जॉब डन हो गया था विजन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था अभी फाइनली चालू हो जाएगा फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के कारण आपको कोई बात नहीं है मैं फ़ोन से भी दिखाता तो फेक वीडियो में कोई भी अपने चैनल में नहीं डालता हूँ फ्रेंड जो भी मैं डालता हूँ जेनवन डालता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ समझ में आए तो यहाँ पर कर देता है एग्री और यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं ये सारे स्टेप्स मांग रहा है तो आपको ये नॉर्मल स्टेप्स है जो आप चालू करते हैं फोन तो ये देख सकते हैं फोन हमारा फाइनली ऑन हो चुका है ये देख सकते हैं फाइनली हमारा ये फोन ऑन हो चुका है अगर आपको दिखाई दे जाए तो ये देखिए फाइनली हमारा ये फोन ऑन हो चुका है जो आप हो गया है ये फोन हमारा ऑन हो गया है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और देख करके क्योंकि फोन हमारा फाइनली तरीके से ऑन हो चुका है तो आई होप भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बेलाइकन को दबा लें आपके सामने मैंने लाइव ये आयरटेल का जो फ़ोन है विज़न वन ये हमने यहाँ पे आपके सामने लाइव करके दिखाया है कि कैसे आप एस पी का एफ आर रिमूव कर सकते हैं तो चलिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ अगर आपको ब्रांड नहीं सेल करना था यूनिवर्सल तो उसका आपको सी पता करना था तो इसका जो सी आपको कैसे पता करना है क्या है सारी चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए तो इसका जो सी पी था नाइन एट तो यहाँ पर नाइन हम देख लेते हैं कि है भी कि नहीं है नाइन नाइन एट सिक्स थ्री नाइन एट सिक्स थ्री ये छोटा सा एक अपडेट है क्योंकि अगर आपका वैसे नहीं होता तो नाइन एट सिक्स थ्री आपको चूज करना पड़ता तो सिक्स थ्री शायद नहीं है आई होप ये है नाइन एट सिक्स थ्री ए तो आपको यहाँ पे सीधा करना है इसको क्लिक करना था और यहाँ पे तीन दिया हुआ है देख सकते हैं नाइन ए नाइन ए यहाँ पे तीन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे वन बाई वन सेलेक्ट करके और यहाँ पे भी आप एडवांस पे टिक करके स्टार्ट बटन करके आप उसकी पे रिमूव कर सकते थे तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच